सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने सारे विश्व को एक सूत्र में बांधा है इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भाषा भी विकास से अछूती नहीं रही है भाषा का विकास हर भाषा आज हर विश्व भर में हर किसी के लिए उपलब्ध है और इसका मूल आधार इसकी जड़ में अनुवाद है अनुवाद ने वासुदेव कुटम्बकम की अवधारणा को साकार करते हुए पूरे विश्व में क्रांति लाई अनुवाद की आवश्यकता सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से भी अछूती नहीं रही है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मशीन अनुवाद का बहुत तेजी से विकास हुआ है आज हम इसी मशीन अनुवाद के विषय में चर्चा करेंगे जैसा कि हम जानते हैं किसी मशीन द्वारा या कंप्यूटर द्वारा श्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में अंतरित करना मशीन अनुवाद है मशीन अनुवाद के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हुआ है आज हमारे पास बहुत से साधन उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से हम मशीन अनुवाद कर पाए हैं इन्हीं कुछ साधनों के कुछ वेबसाइट के कुछ टूल्स के बारे में आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला टूल गूगल गूगल ट्रांसलेट है जिसका की सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है अंग्रेजी से हिंदी हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए इस यह टूल बहुत ही उपयोगी टूल है, है। लगभग कहा जा सकता है कि अनुवाद टूल का यह एक सबसे पुराना टूल है जिसकी वजह से इसका शब्द भंडार कॉर्पस काफी बढ़ चुका है इसमें अनुवाद करते समय हमें बहुत अधिक सटीकता से, से अनुदित सामग्री उपलब्ध हो जाती है इसके अनुवाद के लिए हम यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर सकते हैं ये इस तरह से हम मैटर टाइप करके अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं या हमारे पास जो सामग्री उपलब्ध है उसकी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया जा सकता है और अनुदित सामग्री प्राप्त की जा सकती है यहाँ पे पेस्ट करके हम अनुदित सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं यहीं से हम इसमें अगर हमें कुछ त्रुटि लगती है अनुवाद के दृष्टि से तो इसको हम यहाँ पर ही एडिट करके शुद्ध कर सकते हैं उसमें उसको सुधार सकते हैं अनुवाद को और यदि अनुवाद हमें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो चुका है तो हम उसको यहीं से कॉपी करके जहा पे भी हमें इसे पेस्ट करना है वहां पर हम इसे पेस्ट कर सकते हैं तो इस तरह से इसे सबमिट करके जो भी उपलब्ध है और यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं यहां से इसे शेयर शेयर किया किया जा सकता एमेल, एमेल किया जा सकता सकता है है किसी भी ईमेल ईमेल के द्वारा सीधे ही इसमें एक सीमा है कि इसमें पांच हजार से अधिक शब्दों का एक बार में अनुवाद नहीं होता और इसमें फीड करने के लिए हम यहाँ पर टाइप करके भी फीड कर सकते हैं। वी कैन फीड द मैटर आफ्टर टाइपिंग तो यहाँ पे टाइप करके हम मैटर फीड कर सकते हैं जो हमें अनुवाद करना है और अनुवाद की गई सामग्री को अनुवाद किए जाने वाली सामग्री को हम यहाँ पर सुन भी किस तरह से और यहाँ पर अच्छा. अनुवाद को भी सुन, सुना जा सकता है तो यह एक सुविधा इसमें उपलब्ध है और इसकी सीमा यही है कि इसमें 5000 से अधिक शब्दों का अनुवाद नहीं किया जा सकता एक बार में और अनुवाद करने के बाद उसका पुनरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि मस, कोई भी मशीन पूर्ण अनुवाद करने में सक्षम है या नहीं इसका निर्धारण उसके प्रयोगता को ही करना है और किसी भाषा में अनुवाद करना है तो यहाँ से हम भाषा का भी चयन कर सकते हैं और यहाँ पर भाषा का चयन करके उस भाषा में अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं मशीन अनुवाद के क्रम में ही एक और हमारे पास सुविधा उपलब्ध है जो कि हमें किसी वेबसाइट पे नहीं जाना हमारे वर्ड में ही उपलब्ध है एमएस वर्ड में जब हम फाइल खोलें तो यहीं पर ही हम उसका अनुवाद करके यहीं से ही हम इसे फीट भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में ला भी सकते हैं यह सुविधा भी बहुत ही अच्छी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें रिव्यू पे जाना है रिव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसलेट के ऑप्शन में दो हमारे पास विकल्प और हैं दो ऑप्शन और हैं या तो हम इसको पार्ट को सिलेक्ट कर लें टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें कि हमें कितना अनुवाद करना है और यहाँ ट्रांसलेट में जाएंगे स... ट्रांसलेट सेलेक्शन जितना हमने सेलेक्ट किया है उतना ही ही या फिर हम इसे select ना करके पूरे की पूरे पार्ट को ही translate कर सकते हैं यहां से दोनों सुविधाएं उपलब्ध है लेकिन इसमें मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि हमें क्योंकि अनुवाद तो सेंटेंस वाइज सेंटेंस होता है वाक्य से अनुवाद होता है इसलिए अगर हम वाक्य से अनुवाद करेंगे तो उसका पुनरीक्षण करने में उसको उसको करने करने में उसको वैटिंग करने में हमें ज्यादा सुविधा होगी हम जल्दी से उसको कर पाएंगे जैसे मैंने एक ये सेंटेंस लिया यहीं से मैं इसका सिलेक्शन का ट्रांसलेशन कर देता हूं और यहाँ पर इसका अनुदित पाठ ये मेरे पास उपलब्ध हो गया भारत अपनी अनूठी जल वाली जलवायु परिस्थितियों के कारण पारंपरिक रूप से आपदाओं से ये मेरे पास ही यहाँ पर अनुवाद इसका सेंटेंस का उपलब्ध हो गया मुझे और टूल्स में कॉपी करके दूसरी जगह से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ता था अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर सीधा ही उपलब्ध है हमारे पास इंसर्ट की सुविधा यहीं से हम सीधा उपलब्ध इसको पेस्ट कर सीधा ही पेस्ट कर सकते हैं यही से इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से यह एक टूल भी बहुत ही उपयोगी टूल है अनुवाद के लिए और जिस तरह से हमें अनु मशीन अनुवाद करना है यह भी मशीन अनुवाद कई रूप है गूगल का ये एम एस वर्ड में सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और यहां से हम सीधा अनुवाद करके इसे इंसर्ट कर सकते हैं जहा पे पार्ट होगा उसी रूप में ये अनुदित होकर यहां पर हमें मिल जाएगा तो so, यह yes, इस साधन का भी जरूर उपयोग करें यह बहुत ही उपयोगी टूल है सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला टूल गूगल गूगल ट्रांसलेट है जिसका कि सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है एक और बहुत अच्छा टूल है वेबसाइट है कुलियंस कुलियंस वेबसाइट में अनुवाद के साथ साथ बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध है ये वास्तव में कुलियंस डिक्शनरी है जिसमें कि कुलियन डिक्शनरी है जिसमें कि हम अंग्रेजी हिंदी या और अन्य भाषाओं के दुनिया भर की भाषाओं के पर्याय ढूंढ सकते हैं और इसी में ये ट्रांसलेटर भी उपलब्ध है यह ट्रांसलेटर भी उसी तरह से गूगल की तरह से यहाँ पे हम मैटर को पेस्ट करके और इसका अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं इसमें भी उसी प्रकार से अनुवाद प्राप्त किया जा किया जा सकता है लेकिन इसकी भी सीमा कि इसमें बहुत लंबा चौड़ा अनुवाद नहीं किया जा सकता इसमें सेंटेंस वाइज या पैराग्राफ छोटे छोटे पैराग्राफ भी अनुवाद किए जा सकते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका अनुवाद करते हैं और यह अनुवाद भी हमें यहाँ पर हम भाषा का चयन करते हैं भाषा हमने चयन कर ली और इसके बाद इसको हम अनुवाद कर सकते हैं तो यहाँ पर भी इसको कॉपी करने की सुविधा रहा है इस ट्रांसलेट करने के बाद हमारे पास अनुदित पाठ उपलब्ध होता है इसको भी हमें उसी प्रकार पहले कहीं कॉपी करके पेस्ट करके इसका पुनरीक्षण करना आवश्यक है किसी भी तरह से मशीन द्वारा किया गया अनुवाद पुनरीक्षण की मांग करता है जब तक हम उसे पुनरीक्षित करके फाइनल नहीं कर लेंगे जो भी होगा उसे फाइनल नहीं कर लेगा वो फाइनल नहीं माना जाएगा तो यहां पर यह सुविधा उपलब्ध है कि इसमें प्रयुक्त जितने भी शब्द आते हैं उनके बारे में विस्तार से उन जानकारी दी गई है उसके डिक्शनरी के अर्थ भी दिए गए हैं कौन कौन से अर्थ उपलब्ध है इसमें वो सब अर्थ इसमें और भी दिए गए हैं कि आप इसको एडजेक्टिव के रूप में इधर प्रयोग किया गया है दूसरे किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है उस शब्द का अध्ययन करके उसको जैसे नेचुरल है सहज स्वाभाविक नैसर्गिक सहज कुदरती इनको आप प्रयोग कर सकते हैं अपने पाठ के अनुरूप अपने लक्ष्य के अनुरूप तो यह सुविधा इसमें बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है और इसको हम उस तरह से रिवर्स ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि अधिकतर सभी टूल्स में होता है, तो ये एक सुविधा इसमें इसमें उपलब्ध है ग्रामर की सुविधा है इसमें ट्रांसलेटर, जैसा कि हमने अभी किया ही ट्रांसलेटर सारस है, उसके शब्द के बारे में विस्तार से जानकारी आपको मिल सकती है तो ये एक वेबसाइट है जिसका की अनुवाद के लिए अनुवाद के टूल्स के लिए डिक्शनरी के लिए सिारस के लिए व्याकरण के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग किया जा सकता है अब इसके बाद मैं चर्चा करूंगा आपके पास आपसे एक हिंदी टाइप इस वेबसाइट का नाम है इजी हिंदी टाइपिंग डॉट कॉम इसमें भी हिंदी में टाइप करने की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर आप एग्जिक्यूटिव रूप से भी टाइप कर सकते हैं और एग्जिक्यूटिव मतलब जैसे कि ले आ, ए डबल ए जे लिखना है आपने और इसका वो टाइप हो जाएगा उसमें हिंदी में टाइप हो जाएगा जिस तरह से एग्जिक्यूटिव टाइपराइटर होता है हमारे पास यूनिकोड में कन्वर्ट करना है अगर किसी को यहां से कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इसमें भी ट्रांसलेशन की अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि मराठी से ट्रांसलेशन हो सकता है हिंदी से हो सकता है लिप्यांत्रित भी किए जा सकते हैं हिंदी के नाम जो हैं उनको लिप्यांत्रित किया जा सकता है अनुवाद इसमें किया जा सकता है इंग्लिश से हिंदी अनुवाद आपको करना है तो यहाँ पर उसी प्रकार आप मैटर पेस्ट कर दीजिए टाइप कर दीजिए और वही, आ, वही आपको अनुवाद उपलब्ध हो जाएगा यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको यहाँ कॉपी भी किया जा सकता है उसी तरह से यह एक टाइपिंग टूल आपके पास उपलब्ध है इस तरह से आप कोई भी मैटर टाइप कर सकते हैं इसके बाद हम चर्चा करते हैं गूगल ड्राइव की गूगल ड्राइव वास्तव में एक बहुत ही अच्छा टूल है इसमें हमारे पास बहुत से साधन उपलब्ध हैं अगर कोई मैटर हमारे पास पीडीएफ में उपलब्ध है जिस प्रकार ये मैटर कोई पीडीएफ में उपलब्ध है उसको भी हम वर्ड में कन्वर्ट करके शब्द वर्ड में मंगल फ़ॉन्ट में बदल के उसका अनुवाद कर सकते हैं यहाँ पर जितना भी अनुवाद या जो भी सामग्री हमें डॉक्स में गूगल डॉक गूगल डॉक में जो सामग्री मिलेगी वो सब सामग्री हमारे पास मंगल में ही उपलब्ध होगी अब जैसे अगर हमें किसी पाठ का अनुवाद करना है तो हमें यहाँ से अगर कोई बड़ी फाइल है छोटी फाइल है उसका अनुवाद करना है तो उस फाइल को हम अपलोड कर लेंगे हमारे पास यहाँ पर उसको अपलोड करने के लिए हमें करना क्या होगा न्यू में जाएंगे और यहाँ से फाइल अपलोड करेंगे यहां से हम मान लो पीडीएफ कोई फाइल है उसको अपलोड करना चाहते हैं पी फाइल को अपलोड करने के लिए हम यहां से ये एक पी फाइल ले लेते हैं इसको यहां से अपलोड हमारे पास ये हो जाएगी अपलोड ठीक है यहां से इसको हम अपलोड कर लेंगे पीडीएफ फाइल को ये अपलोड हो रही है अभी अपलोड होने के बाद इसको हम डॉक के रूप में खोल सकते हैं गूगल डॉक के रूप में हम इसे खोलेंगे वो हमें वर्ल्ड में मिल जाएगी कन्वर्टर भी है ये पीडीएफ कन्वर्टर भी है और ट्रांसलेशन भी इसमें की जा सकती है यहाँ पर अब हम जाते हैं हमारी फाइल अपलोड हो गई है रिसेंट में जाते हैं ये हमारे पास फाइल पीडीएफ आ गई इस पर फिर हमें माउस से राइट क्लिक करना है ओपन विथ गूगल डॉक गूगल डॉक में इसे हम ओपन कर लेंगे खोल लेंगे फाइल को और ये फाइल हमारे पास वर्ड में उपलब्ध हो जाएगी एडिटेबल फाइल होगी इसमें हम कुछ भी संशोधन करना है या कुछ भी हमें इसमें कार्य करना है तो आराम से कर पाएंगे तो इस तरह से ये गूगल डॉक की सुविधा उपलब्ध है कि यहाँ पर हम किसी भी फाइल को जो कि हमारे पास पीडीएफ में उपलब्ध है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड में और यहीं पर ही हम उसका अनुवाद भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर एक फाइल लेता हूं ये पीडीएफ फाइल ये पीडीएफ फाइल में यहां से एक सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार ये पीडीएफ फाइल है इसको हम राइट क्लिक करेंगे जैसा कि मैंने बताया और ओपन विद गूगल गूगल करेंगे गूगल डॉप और ये फाइल हमारे पास उपलब्ध होगी वर्ड में इसमें पिक्चर या जो भी कुछ है तो वो सब हमारे पास वर्ड में उपलब्ध हो जाएगी ये फाइल हमारे पास वर्ड में उपलब्ध हो गई इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और इसका हम यहीं पर ही अनुवाद कर सकते हैं इसको हम टूल्स में जाएंगे और ये ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट यहां से हमें भाषा का चयन करना है जिस भाषा में इसका अनुवाद किया जाना है तो यहां से हम भाषा चयन कर लेते हैं अगर हम इसको हिंदी ही चयन करते हैं हिंदी में इसका हम अनुवाद करना चाहते हैं और हिंदी भाषा हमने चयन कर लिया यहीं पर ही इसका अनुवाद भी हो जाता है ये अनुवाद जैसे आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएगा और ये एडिटेबल है इसमें आप किसी भी तरह से कीबोर्ड से कर सकते हैं करेक्शंस अगर करनी है कहीं या फिर टूल्स में जाकर ये वॉइस टाइपिंग है यहां से भाषा का चयन करें किस भाषा में आपने करनी है यहाँ ऑलरेडी हिंदी है तो मैं यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं जो हमें करेक्शन करनी है इस प्रकार करेक्शन भी साथ के साथ की जा सकती है तो इस तरह से ये करेक्शन हम कर सकते हैं ये एक साधन है हमारे पास गूगल डॉक में उपलब्ध है इसके द्वारा भी हम अनुवाद बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इन सब के बाद एक टूल जो कि राजभाषा विभाग ने विकसित किया है वह टूल हिंदी अनुवाद और मशीन अनुवाद के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है विभाग ने इसे विकसित कराया सीटेक पुणे के माध्यम से यह कंठस्थ राजभाषा राजभाषा कंठस्थ यह टूल है और इसमें उन स्मृति इस आधारित अनुवाद किया जाता है जो कि हम अनुवाद करते हैं वो हमारी मेमोरी में चला जाता है ट्रांसलेशन मेमोरी उसकी बनती जाती है मतलब और उसको हम जब भी एक्सेस करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा इस टूल का नाम है कंठस्थ इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि आगे भी इस तरह के टूल्स इस तरह की जानकारी आपको सीधा ही उपलब्ध हो सके जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सके इसलिए इसपे अवश्य क्ल क्लिक करें और ये एक टूल है राजभाषा कंठस्थ जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मृति आधारित अनुवाद टूल है इसमें किया गया अनुवाद आपके सिस्टम में ट्रांसलेशन मेमोरी के रूप में एकत्रित हो जाता है और राजभाषा के सर्वर में जब आप उसको वेटर के पास भेज देते हैं जो कि राजभाषा ने नियुक्त किए हुए है उन वेटर के पास भेजने के बाद वो अनुवाद राजभाषा के केंद्रीय सर्वर पर संग्रहित हो जाता है जो जब भी इसका अनुवाद किया जाएगा किसी के द्वारा इस टूल पे तो वो उसे सहज ही उपलब्ध हो जाएगा यह एक अनुवाद टूल है जो कि जिसके बारे में मैं अलग से पूरा एक लेक्चर बना चुका हूँ जो कि मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है आप उस पर जाकर जरूर इस पे इसका अध्ययन कीजिए यह बहुत ही उपयोगी टूल है धन्यवाद